हमें अपनी मुसीबतों को अगर वाकई ख़त्म करना है तो वो काम कुरान पाक के मुताबिक जो हजरत सलाम की कौम ने अटल आजाब को मुस्तकिल बुनियादों पर रोकने के लिए किया हमें भी वही करना होगा यानी इज्तमी तौर पर तोबा और इस्तफार करना इज्तमी इस्तफार व तोबा सिर्फ अवामी सतह पर ही काफी नहीं होगी बल्कि हकूमती और रियाती इधारों हर सतह पर हकीकती तौर पर की जाए दुनिया की हर साइंस और मनतक अप्लाई करके देख ली मगर मुसीबतें काम नहीं हो पा रही तो फिर इस्लामी फार्मूला को अमल करके देख लेने में कोई हज नहीं होना चाहिए इनशाला अल्लाह जरूर यह मुसीबतें खत्म करेगा ख्याल रहे लोग आमतौर पर इस तकफार को तोबा के हम माना समझते हैं इस तकफार का मतलब सिर्फ अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगना है और तोबा का माना वापस पलटने के है यानी इस्लामी तालीमत के मुनाफी कामों को छोड़ कर वापस अल्लाह के बताए हुए अहकाम के मुताबिक बाकी जिंदगी मुस्तकिल करते रहने का नाम तोबा है हकीकी इस्तफार और तौबा करना ही हमारी परेशानियों से निजात का मुस्तकिल हकीकी सोल्यूशन है